फिर ये की आवादा खामोश नजरे बल पहरे से नजारा हम सफ्रिय की आवाद the do ढूंढ ढूंढ के रोया था मैं तू नाम मिला तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है तू ही तू हर जगह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 वो मुझको याद आते हैं दिल से सारे गो तो भुला जाते हैं दर्द में भी ये लोग मुस्कुरा जाते हैं बीते लम्हे है हमें जब भी याद आते हैं मैंने जानी इश्क की गली बस तेरी काटे मिली मन चाहू ना तुझे पर मेरी एक ना चली इश्क में निगाह का मिलती है बारिश है फिर भी क्यों कर रहा करी ख्वाहिश है किशन भी बजी न मुमकिन नहीं न देना कभी मुझको तो तू फास मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझे सांस मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके नान अब गो कर दिल से जाना बनता है।, बनता है बनता है बनता है तेरा ना बनता है राने अब गो दिल से जाना बनता है बनता है बनता है तेरा ना बनता है एक शीशा Every morning.